सिंह सवारी सोवणी में माई पधारी जो मा भवानी के प्रकार पधारे और भक्त गण कड़ प्रकार अरदास करें ओ जी ओ मारी मैया दर्शन कर लो या सिंह संारी This is the sound of the. श्री की बड़ी सुंदर जागे एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद दे दें सारा पेरी मत तुझे तो मना तो तुझे तो मना